दफा मैं तुझा मुझ तो को सबसे मैं जुता रूह से जुड़ जाऊं मैं थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं और दूर कहीं